दोस्तों तो आज हम बात करने वाले हैं एसओ के बारे में अच्छा हमको सिखा है। एस क्या होता है ये क्यों हर फोन में इनबिल्ट आता है चाहे वो स्मार्टफोन हो या फिर बटन वाले की फोन हो ये हर फोन में इनबिल्ट आता है क्या सच में एसओ एस के द्वारा इमरजेंसी में मदद ली जा सकती है जोर छोटे फोन के लोगों को स्कीमे बता दे आज हम इस वीडियो में इन्हीं सब पर चर्चा करने वाले हैं तो बने रिहांत तक हमारे साथ इस वीडियो में एसओ के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी एसओ एक ऐसी सेटिंग होती है जिसमें आप पहले से सेट करके रख सकते हैं कि इमरजेंसी की में या फिर आपातकालीन स्थिति में किसको मैसेज जाए या किससे मदद लिया जाए अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि मान के चलिए इमरजेंसी टाइम में किसी को मैसेज चला गया तो अब वो क्या क्या एक्सेस कर सकता है दोस्तों एसओएस इमरजेंसी में फोन का कॉन्टैक्ट कॉल लॉक्स लोकेशन एवन कैमरा और माइक्रोफोन का एक्सेस शेयर कर देती है इसकी मदद से पुलिस आसानी से ट्रस कर सकती है कि आपने लास्ट टाइम किससे बात किया था आपका लास्ट लोकेशन क्या है आपका करेंट लोकेशन क्या है एसओ ने जो आपके माइक्रोफोन और कैमरा का एक्सेस शेयर किया है उसके जरिए यह भी देख और सुन सकता है कि आप किस जगह पर हो उसके आसपास क्या शोरगोज हो रहा है दोस्तों मैं आपको एक स्क्रीन दिखाता हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कि एसओ क्या क्या परमिशन मांग रहा है एसओ एस पे कॉन्टेक्ट का परमिशन मांग रहा है कैमरे की परमिशन मांग रहा है एस का परमिशन मांग रहा है स्टोरेज लोकेशन एवं कॉल लॉक्स का भी परमिशन मांग रहा है ताकि इमरजेंसी में ये एक्सेस सेंड कर सके आप अपने आसपास के दोस्त यार और घर वालों को भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी इस सेटिंग के बारे में पता रहे और पहले से सेव करके रख सके ताकि सिर्फ एक बटन दबाने से उनको मदद मिल सके दोस्तों में उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब करे और बेलाइकन को प्रेस करें ताकि मैं जब भी इस प्रकार की वीडियो डालू